जय हनुमान ज्ञान गुन सागर जय कपीस तिगुक बुजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुमेशा कानन कुंडल कुंजित केसा खात बज्रा और बिराजय कांधे भोजनेकर सुवन कैसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंधन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज परिवे गो आतुल